हेलो गाइस आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज की रेसिपी है आम पन्ना बनाना तो आइए बिल्कुल आसान तरीके से हम आम पन्ना की रेसिपी बना आम पन्ना बनाने के लिए ये हमने कच्चे आम लिए हैं इनको हमने छील लिया है और इस प्रकार से कट कर लिया है और ये हमने एक कप पानी लिया है ये पुदीना लिया है हमने दो मुठी के आस पुदीना है 500 ग्राम हमने चीनी ली है और एक बड़ा चम्मच हमने काला नमक और एक बड़ा चम्मच हमने सफेद नमक लिया है और ये एक बड़ा चम्मच हमने जीरा बुना हुआ लिया है आधा चम्मच हमने इलायची पाउडर लिया है और आधा चम्मच हमने काली मिर्च ली है आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से आम पन्ना बनाएंगे वो भी बिना उबाले तो आइये स्टार्ट करते हैं आम पन्ना बनाना ये मैंने एक पतीला लिया, लिया है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है अब मैं इसमें एक कप पानी डालूंगी और मैं चाशनी बनने के लिए रख देती हूं। ये 500 ग्राम चीनी मैं इसमें डाल दूंगी और चीनी को मैं मेल्ट होने तक पकने दूंगी जब तक हमारी चीनी मेल्ट होती है तब तक मैं ये कच्चे आम की गिरी को मिक्सी का जार लिया है मैं आम को बॉइल नहीं करूंगी सीधा ही मैं मिक्सी के जार में इसे पीस लूंगी अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ये मैंने एक कप पानी फिर से लिया है इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूं और ये हमारे कच्चे आम पीस कर तैयार हो चुके और इधर हमारी ये चीनी मेल्ट होने लगी है इसे मैं और मेल्ट होने दूंगी चीनी को चीनी हमारे अच्छे से पानी में घुल चुकी है अब मैं ये जो मैंने मिक्सी के जार में कच्चे आम पीसे हैं ये भी मैं इसी में डाल दूंगी और बाकी बचे हुए आम भी मैं पीस लूंगी अब मैं बाकी बचे हुए आम भी इसमें पीस लेती हूँ साथ ही मैं इसमें ये पुदीना डाल दूंगी और इसमें बचा हुआ पानी डाल दूंगी और इसे मैं पीस लेती हूँ फिर से और ये भी हमारा पीसके तैयार हो गया है पुदीने का कलर भी बहुत अच्छा आया है और इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाला है थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं इसमें और इसे मैं एक तार की चाशनी तक मैं इसे पकने दूंगी मैंने 500 ग्राम ही चीनी और 500 ही ग्राम मैंने कच्चे आम लिए थे और अब मैं इसके अंदर ये काला नमक डाल दूंगी और सफेद नमक डालूंगी काली मिर्च भुना हुआ जीरा और ये मैंने पीसी हुई इलायची पाउडर लिया है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी ये बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आम पन्ना की रेसिपी बताई है आपको और ये हमारा आम पन्ना अच्छे से पक्कर तैयार हो चुका है अब मैंने ये एक डली गुड़ की ली है जिसको मैंने बारी क्रश कर लिया है इस गुड़ की डली को भी मैं इसमें डाल दूंगी इससे टेस्ट में बढ़िया फ्लेवर आएगा इसका और इसे मैं एक से दो मिनट तक और पकने दूंगी हमारा आम पन्ना बनकर तैयार हो चुका है अब मैं इसे गैस को बंद कर दूंगी और आम पन्ने को एक कटोरी में मैं निकाल लूंगी ठंडा होने के लिए ये हमारा आम पन्ना ठंडा हो चुका है मैं गिलास के अंदर पानी डालूंगी और दो चम्मच के आसपास मैं इसमें आम पन्ना डाल दूंगी और अब मैं इसके अंदर बर्फ डालूंगी हमारा आम पन्ना बनकर तैयार हो चुका है ये हमारा आम पन्ना बनकर तैयार हो चुका है आप इसे गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं इस इसे लू से बचने के लिए आमपाना बनाना जरूरी है ये सेहत के लिए सबसे बढ़िया है आप इसे जरूर ट्राई करें अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद